खाओ बनाओ 96 YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है आप लोग के लिए मैं तरह तरह की वीडियो वीडियो बनाते रहता वो शॉर्ट भी रहते हैं और लॉन्ग वीडियो रहते हैं आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग ने डेढ़ सौ ग्राम सौ ग्राम से डेढ़ सौ ग्राम हम लोग ने बेसन ले लिया हुआ है वन टी हल्दी ली है वन टी हम लोग ने लाल मिर्ची पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून हम लोग ने मस्टर्ड सीट लिया हुआ है मसालों के बाद हम लोगों को थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का पतला कटा हुआ धनिया प्याज चार से पांच पतली पतली कटी हुई हरी मिर्ची चार से पांच गार्लिक पतला पतला कटा हुआ और 1/4 टी स्पून जिंजर कद्दूकस किया हुआ जैसे कि आप देख सकते हो और एक करी लीव्स आप 400 हंड्रेड ग्राम टू हाफ के जी ले सकते हैं हम लोग अभी या हम लोग एक पैन के अंदर डालेंगे उसके ऊपर से हम लोगों को हमारा बेसन ऐड कर देना है उसको स्लोली स्लोली मिक्स करना है को इसको स्लोली स्लोली मिक्स करेंगे देखना कि यहाँ पे कहीं नम्स ना पड़े रहे इसमें हम हमारे पानी को स्लोली ऐड करेंगे एक साथ हम लोग को ज़्यादा नहीं डालना पानी को ऐड करने के बाद सिंपली हमें इसको मिक्स करना स्लोली स्लोली मिक्स करना स्टार्ट करना उन्हें हमारे सेब तक इसको अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर आप अपने मनपसंद का ऑयल डाल सकते हो वन टी ऑयल मैंने ऐड कर लिया है। मैं गैस का फ्लेम स्लो करूंगा सबसे पहले मुझे मेरा मस्केट यहां पे ऐड करना। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर थोड़ा जिंगर एड करना लहसुन ऐड करूंगा मिर्ची ऐड करूंगा और ये हमारे कांदे हम को ऐड करना बेसिकली हम लोग को से चला लेना है के मैं तड़चुल का यूज़ करूँगा थोड़ा सा भूनने के बाद हम लोग ने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है जिससे हमारे चंदे और जो मैंने स्टॉक रखी हो वो जले ना अब हमारे मसाले हम इसमें हम ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से भूम लेंगे इस स्टेज पे हल्का सा पानी का फुहारा मारना है जिससे कि मसाले हम तो लोग को करीप्स ऐड कर देंगे फिर से थोड़ा पानी का छिट्टा मारेंगे इसमें करी लिप्स तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा हमारे मसाले में तो दही से बनाया हुआ है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कड़ी का घोल रेडी है मैं इसको कैसे ऐड करूँगा वो भी आप लोग ध्यान से देखिए हम लोग इसको आराम से उठा लेंगे ऐसे चलाने के बाद हम लोग स्लोली स्लोली मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम हाई रहेगा मिला के डालना है और हमने दूसरा कोई प्रोसेस नहीं करना है ऐसे देख सकते हो आप लोग गैस का फ्लेम हाई है और हम लोगों ने इसको चलाते जाएंगे आप देख सकते होगे, बहुत ही अच्छा कलर आया हमारे कढ़ी को अब इस स्टेज पे, अभी उबाल नहीं आई कढ़ी में हम लोग नमक ऐड कर दें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो और हल्के से इसको चला देना इसको चलाते रहना जल्दी का उबाल ना आ जाए जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे कढ़ाई में उबाल आ चुका है अभी ये पीरियड हम लोगों को अच्छे से इसको पकाना है सिंपल आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी और अगर आपको यहाँ पे पकोड़े अच्छे लगते हैं अनियन्स के तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो ओके <coughs> वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है तो आप लोग उसको भी रेफ़र कर सकते हो